जब से देख लो तो नींद नहीं आवे आन चहरा रहे, रहे बस तोरे आय आवे आवे जब से देख लो तभी तो नींद नहीं आवे दिल चहराईत रहे बस उरियात आवे दिन तेहराई का होरिया जियाए काले मुके काले जड़ी काले सड़पाए दिन तेहराई तो का होरिया जियाए काले मुके काले जड़ी काले सड़पाए सड़पा प्यार में प्यार में प्यार में मोयरानी में मोरा रहने चंद कर दौड़ा प्रेमचंद कर प्यार के कभी नुला प्रेमचंद कर चेहरा चेरा बस प्यार में प्यार म्या, प्यार में में मोय